नमस्कार स्वागत अभिनंदन दर्शकों वार के अधिपति देवता भगवान विष्णु को साक्षी मानकर मैं ज्योतिर्विदासी पांडे आप सभी के समक्ष दिनांक 26 दिसंबर दिन गुरुवार का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ प्रस्तुत राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है साथ ही साथ दर्शकों आज के दिन को प्रभावी बनाने के लिए दिव्यतम से दिव्यतम जो भी प्रयोग हो सकते हैं आपके जो है द्वारा हम जो है अपने द्वारा आपको हम आज बताएंगे शेयर करेंगे आज का पंचांग क्या कहता आइए सबसे सबसे पह, सब पहले इस पर हम दृष्टि डाल लेते हैं लेकिन आप सभी लोगों को सूचित कर दें कि वार्षिक राशिफल दो हजार से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए हमारे चैनल पर पढ़ चुके हैं मूलांक के अनुसार राशिफल चैनल पर पड़ चुका है कैरियर राशिफल हमारे चैनल पर पड़ चुका है बस देरी है कि आप लोग जाकर के देखते नहीं है तो आप प्लीज आप लोग जा कर के देखिए तो दर्शकों आज का पंचांग क्या कहता है देखिए विक्रम संबंध दो हजार छिहत्तर सिकस उन्नीस सौ इकतालीस पौष मास गुरुवार दिन सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर सत्तावन मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच मिनट तिथि जो आज है आज अमावस्या तिथि रहेगी अमावस्या तिथि के बारे में ब्रह्मा व्यवर्ष पुराण में लिखा है कि कासे के पात्र में किसी भी प्रकार के जो है चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए दूसरा कि आप यहाँ पर जो है अल्कोहल का सेवन मत करिए किसी भी प्रकार के नॉनवेज का सेवन मत करिए व्यसनों से आपको बचना रहेगा किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं बनाने होते हैं साथ ही साथ लाल रंग के जो भी साग होते हैं ये आपको नहीं खाना होता है इसके बाद देखिए दर्शकों छब्बीस तारीख को जो है सुबह दस बजकर तिरालीस मिनट से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी प्रतिपदा को कुष्मा का सेवन नहीं करना चाहिए मनाई है नक्षत्र पर आ जाते हैं मूल नक्षत्र रहेगा इसके बाद पूर्वासाढ़ा नक्षत्र रहेगा करण जो रहेगा नाग किस्तुधन और अंतिम करण रहेगा ये रहेगा व योग पर आते हैं तो वृद्धि और ध्रुव योग आज रहेंगे शुभ काल पर आ जाते हैं अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:45 मिनट से 12:27 मिनट के बीच शुभ कार्यों को आप लोग इसमें कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों को एक अमृत काल भी आज आपको मिल रहा है सुबह 10:27 मिनट से 12:04 मिनट तक की तो इन सब समयों में आप लोग कार्यों को करिए आपको निश्चित लाभ होगा राहु काल आपको बताए देते हैं दोपहर एक मिनट से दो मिनट तक की राहुकाल रहेगा चंद्रदेव धनुराशि में चलायमान है चंद्रमा शनि का कॉम्बिनेशन चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा तो खैर नहीं है सूर्य देव भी देख के धनु राशि में संचरण कर रहे हैं दिशा सूल पर आते हैं गुरुवार दिन रहेगा और दक्षिण दिशा की ओर दिशा सूल रहेगा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करने से आप सभी लोगों को बचना चाहिए लेकिन यदि करना पड़ जाए तो केसर का सेवन कर सकते हैं दही का सेवन कर सकते हैं चने की दाल का आप सेवन कर सकते हैं हल्दी का आप किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं और पहले आप लोग उत्तर दिशा में चार पक्ष चलिए इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर आपको चलना रहेगा तो दर्शकों ये तो था देखिए पंचांग अब बढ़ते हैं राशिफल पर कि हमारी मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ कहते हैं आज जो है सितारे लेकिन आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है प्रार्थना है कि जो कमेंट रूपी सागर है इसमें जय श्री राम की लहरें जरूर उठनी चाहिए तो मेष राशि के जातकों आप लोगों से निवेदन है चाहे आप मेष के हों चाहे मीन के हों जय श्री राम का उद्घोष तो पहले एक बार आप लोग कर दीजिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले आप लोग भगवान का स्मरण करते हैं तो राशिफल भी आप लोग देखने से पहले जय श्री राम का उद्घोष जरूर कीजिए मेष राशि के जातकों आज वरिष्ठ अधिकारियों से आज, आज आपको सहयोग प्राप्त होगा परिवार में आज आपके गुणों की प्रशंसा होगी नई तकनीकी अपनाने से आज, आज आपके व्यापार में वृद्धि हो सकती है उत्पादन कार्य भी आज बढ़ सकता है अपने पार्टनर के साथ आज आप लोग कहीं पर बाहर जा सकते हैं जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी बड़ी जगह पर परफॉर्म प्रोडक्शन करने का मौका मिल सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज केसर का आप लोग सेवन करके तब जो है घर से बाहर निकलिएगा साथ ही साथ आज गाय को आपको बेसन से बने हुए लड्डू खिलाना जिससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी शुभ कलर रहेगा पीला शुभ अंक रहेगा तीन तो दिल्ली वालों आप लोग हमसे जो है मिल सकते हैं जो है अट्ठाईस उनतीस तारीख को और देरी किस बात की आप लोग फटाफट आइए और अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के आइए हमसे समाधान लीजिए राशि के जात को नौकरी पेशा लोगों को अपने काम में सफलता हासिल होगी व्यापारियों को आए के नए स्रोत मिलेंगे ऑफिस में आज आपको जो है सबका सहयोग प्राप्त होगा आज, आज आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे आज, आज आप कोई सोशल वर्क जो है कर सकते हैं किसी नए कांटेक्ट से आज, आज आपको लाभ होगा कुछ लोगों को आज आपकी उदारता पसंद आएगी आज आपकी कुल मिलाकर के जो भी परेशानियाँ मार्ग में आ रही हैं दूर होगी पराक्रम में वृद्धि आज होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो गाय को आप लोग कोशिश कीजिए कि एक दर्जन केला आज आप लोग जरूर केलाइए शुभ कलर रहेगा वाइट और शुभ अंक रहेगा दो मिथुन राशि के जात को फटाफट आप लोग लाइक कीजिए जय श्री राम का उद्घोष कीजिए आज आपको नए लोगों से थोड़ा सा संभाल रहना चाहिए कोई गुप्त शत्रु आज आपके ऊपर हावी रहेगा किसी भी काम में घर के बड़ों की यदि सलाह लेते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा पढ़ाई में आज आपकी एकाग्रता में कुछ कमी आ सकती है आपको अपना ध्यान भटकाने से आज बचना चाहिए पर जो है मतलब जो है क्या बोलते हैं उनको फीमेल की तरफ आज आपका मन बहुत जल्दी आकर्षण होगा विपरीत लिंग के प्रति झुकाव बहुत ज्यादा रहेगा आज आपकी जिंदगी में कुछ मेजर चेंजेस आएंगे आपको विरोधियों से बचकर रहने की सितारे सलाह दे रहे हैं, खुद को फिट पाठ करिए तो कर सभी परेशानियां आपकी दूर होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार वही कर्क -कर राशि की ओर चलते हैं कर्क -कर राशि के जात को आज आपका झुकाव किसी नए काम की ओर हो सकता है कैरियर के मामले में कुछ चीज़ें आज बेहतर होने के आसार हैं बिजनेस में किसी नए ग्रुप से जुड़ने के बारे में आज आप लोग विचार कर सकते हैं कोई भी डील आज आप लोग सोच समझकर ही करिएगा कर घर वालों के साथ किसी बात को लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है सेहत के प्रति आज, आज आपको अपना ख्याल रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं जंक फूड से बचिएगा और वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ ही साथ हल्दी का दान धर्म स्थान पर करिए आपको सफलता मिलेगी शुभ कलर रहेगा पीला और शुभ अंक रहेगा सात सिंह राशि के जातकों छात्रों के लिए आज का दिन अनुकूल रहने वाला है खास करके जो छात्र टेक्निकल फील्ड से हैं विज्ञान के क्षेत्र से हैं इनके लिए आज का दिन खासतौर पर बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आज आपका यदि कोई रिसर्च वर्क है जो लोग पीएचडी करते हैं रिसर्च स्कॉलर हैं इनका काम कंप्लीट हो सकता है माता पिता के साथ आज आपके बेहतर संबंध स्थापित रहेंगे जॉब में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा अचानक से आज आपको प्रमोशन की सूचना मिल सकती है परिवार वालों के साथ मनोरंजन के लिए कहीं बाहर घूमने फिरने का प्लान आज आप लोग बना सकते हैं व्यापारी वर्ग के लोगों की यदि हम बात करें तो काफ़ी कुछ आज इनके लिए बड़ा दिन हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए सबसे पहले तो हो सके तो आज आप लोग विष्णु जहज नाम का पाठ दूसरा आज आप लोग गाय को बेसन बेसन से बने हुई कोई चीज़ जैसे चना आपका हो गया या जु अंक रहेगा पांच कन्या राशि के जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा आज आपको सरकारी कामों में किसी बड़े व्यक्ति की उच्चाधिकारियों की मदद प्राप्त हो सकती है परिवार वालों के साथ आज आप लोग कहीं बाहर शॉपिंग इत्यादि करने जा सकते हैं परिवार में सबकी इच्छा पूरी करने में आज आप सफल रहेंगे दोस्त आपसे किसी मामले में सलाह कर सकते हैं आज देखिए आपको लमेट को जो है थोड़ा सा खुश रखना पड़ेगा दोनों लोगों के बीच कुछ वाद विवाद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है थोड़ी सी मेहनत से आज, आज आपको किसी बड़े धन लाभ का अवसर सुअवसर प्राप्त होगा बच्चों के प्रति आज आपका स्वभाव नरम रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा ओम ग्राम ग्रीन ब्राउन सा नमः इस मंत्र का एक सौ आठ बार जाप करिए और यदि हो सके तो आज केसर का तिलक मस्तक जिभा नाभी पर जरूर लगाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रीन शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः तुला राशि लिब्रा क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे लेकिन फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए तुला राशि के जात को कैरियर राशि फल दो हजार बीस पर पढ़ चुका है देख सकते हैं। तुला राशि आपको कुछ कामों में सफलता लेकिन आज आज आज आज लोगों पर भरोसा करने से बचना होगा आपको अपनी योजनाओं के प्रति गोपनीयता बनाए रखने की सितारे यहाँ सलाह दे रहे हैं मित्रों से मिलने आज, आज आप लोग उनके घर पर जा सकते हैं किसी पार्टी में आज आप लोग सम्मिलित हो सकते हैं जीवन साथी के साथ रिश्तों में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है उन्हें खुश करने के लिए कोई उपहार देना आज आपके लिए ठीक रहेगा आज आपकी दोस्ती और अधिक मजबूत होगी आज, आज आप किसी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा कि भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाइएगा और एक वहां पर पीले रंग के कपड़े का दान आप लोग कर सकते हैं साथ ही साथ चने का दान कर सकते हैं यज्ञोपवित का दान कर सकते हैं शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज येलो पीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे आज आपका दिन अच्छा रहेगा किसी काम में आज आपको भाई का अपने सपोर्ट या बड़े बहनों का सपोर्ट प्राप्त हो सकता है अपने परिवार के साथ आज आप लोग कुछ बेहतरीन पलों का आनंद उठा सकते हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के जो लंबी यात्राएं हैं ये आज हो सकती हैं खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे कैरियर में आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे कुछ खास जगहों पर आपकी प्रशंसा रहेगी आज आप कोई छोटा या कुटीर उद्योग शुरू करने के बारे में विचार कर सकते हैं बिजनेस के लिहाज से की गई यात्राएँ आज आपके लिए लाभ कारी सिद्ध होंगे जरूरतमंदों को पका हुआ भोजन कराइए बेहतर रहेगा खिचड़ी खिला सकते हैं या दाल बना करके दाल चावल खिला सकते हैं तो ठीक रहेगा साथ ही साथ यदि हो सके तो आज गाय को कुछ मीठा आप लोग जरूर खिलाइए धन लाभ होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा सात सेजिटेरियन धनुराशि आज, आज आपका दिन शानदार रहने वाला काम के सिलसिले में की गई यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेंगी किसी रिश्तेदार के आगमन से घर में कोई खुशी का माहौल बनेगा समाज में आपका मान सम्मान और उठवा बढ़ेगा पड़ोस के कुछ खास लोगों से आज आपकी मुलाकात हो सकती है आपके सोचे हुए सोचे हुए काम पूरे होंगे अपने लक्ष्य को पूरा करने में आज आपको किसी की मदद मिल सकती है जो लोग मार्केटिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं उन्हें आज अच्छे क्लाइंट मिलने की संभावना है राम रक्षा स्त्रोत का आज आपको पाठ करना रहेगा साथ ही साथ जुपिटर का जो मंत्र है ओम राम ग्रीम ग्रोम इसका एक सौ आठ बार आप लोग जरूर जाप करिए क्योंकि आज के दिन आपके जो है हाउस में छः ग्रह आ चुके हैं उनसे आपको बचाव करना होगा अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाहन दुर्घटना का योग बन रहा है आज आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है ऑफिस में कोई नया काम आज आपको मिल सकता है जिसे पूरा करने में आज, आज आप लोग सफल होंगे परिवार के साथ कहीं पर बाहर जा सकते हैं लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक जो है चलाने के सितारे चला दे हैं जो मकर राशि के जातक हैं इनका पारिवारिक जीवन आज खुशहाल रहेगा एजुकेशन के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं जो लोग जो है टीचर हैं जो लोग लो ट्यूशन देते हैं इनको तरक्की का अवसर मिलेगा माता पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की जो है योग बन रहा है यात्राओं का योग बन रहा है कामकाज संबंधी जो महिलाएं हैं इनके लिए आज ऑफिस का दिन काफी अच्छा रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो क्यों नहीं जानते है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो हनुमान अष्टक का तीन बार पाठ करिए हनुमान जी को मीठा पान चढ़ाइए आपको नए रोजगार की प्राप्ति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ग्रे और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा चार एक्वायर्स कुंभ राशि आज जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे कार्य क्षेत्र में आज आपको कुछ लोगों से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा आज आपको अचानक धन लाभ हो सकता है छात्रों के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतर रहेगा किस्मत आज आप पर मेहरबान रहेगी लेकिन आज आपके पैसे अधिक खर्च होंगे अचानक से कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी बहुत दिनों से जिसकी आपको तलाश थी कुछ दिनों से रुका हुआ काम आज आपको पूरा होगा जो लोग टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनको आज तेजी से ग्रो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन विष्णु सहस नाम का पाठ करिए साथ ही साथ यदि हो सके तो आप लोग जो है भगवान विष्णु का जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये जो मंत्र है इसको आप लोग जो है दो माला मतलब 108 सौ आठ बार जरूर करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन शुभ अंक रहेगा तीन अंतिम राशि राशि मीन लेकिन फटाफट आप लोगों से निवेदन है लाइक कीजिए दिल्ली में आकर के आप लोग हमसे मिल सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपके मार्ग में जो बाधाएं आ रही हैं उनको कुछ हद तक की कम कर सकते हैं खत्म नहीं कर सकते हैं मीन राशि के जातको जय श्री राम का उद्घोष कीजिए और इसी के साथ आज आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी यात्राओं के अवसर प्राप्त होंगे घर के घर परिवार के साथ कहीं बाहर आज आप लोग यात्राओं पर जा सकते हैं आज जीवन में बेहतर बनाने की आज आप लोग अपने कोशिश करेंगे घर पर कुछ नए मेहमान का आगमन हो सकता है जिससे आज, आज आपका मन खुश रहेगा जीवन साथी के साथ तालमेल बना रहेगा घर में सुख समृद्धि में बढ़ोतरी हो सकती है जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी काम को लेकर सीनियर्स आज आपसे कुछ नाराज़ हो सकते हैं कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपको बुरी लग जाए लेकिन आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखने के सितारे सलाह दे रहे हैं आज सब बेहतर रहेगा आ, कोशिश कीजिएगा कि आप चीटियों को शक्कर मिश्रित आटा जरूर डालिएगा साथ ही साथ तुलसी जी के पौधे पर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का दो माला आप लोग जाप करिए भगवान विष्णु सब कुछ अच्छा करेंगे तो दर्शकों देरी किस बात की वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार राशिफल भी आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो भी भविष्यवाड़िया की है वो भी आप लोग देख सकते हैं ग्रहों का गोचर व राशि परिवर्तन भी हमारे चैनल पर पड़ चुका है कुंडली विश्लेषण करवाना दिल्ली में मिलकर के मन भूमिये क्योंकि बार बार हमारा आगमन पड़ता है कैसा लगा हमारा प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए दीजिए इजाजत मिलती अपने नए वीडियो में तब तक के लिए जय श्री राम जय हिंद वंदे मातरमी